हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेब बॉस में दोस्तों रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे जेएसएक्स के बारे में कि जेएसएक्स क्या होती है जेएसएक्स का यूज़ क्या है और हम अभी तक जेएस जेएसएक्स को यूज़ करते आए हैं तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों पिछली वीडियो में हम, हम मैंने JSX एस वर्ड का यूज़ किया था और मैंने आपको कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको JSX के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से हमने रिएक्ट सीरीज स्टार्ट की है प्रैक्टिकल सीरीज को जब से हम फंक्शंस क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेट जब से हमने बनाए हैं तो हम जे का यूज़ कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है ठीके? कैसे तो चलिए दोस्तों बताते हैं दोस्तों जे का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ठीक है अब दोस्तों पहले क्या होता था जावा में आपने देखा होगा जब भी हम पहले जावा की फाइल या एच में जब भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते थे तो हमको जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए एक सेपरेट स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ता था हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही अपना जावास्क्रिप्ट को लिखते थे अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये यह जो है जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर ये आपको जो HTML दिखाई दे रहा है ये HTML और जावा आपको जो साथ में दिखाई दे रही है दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है तो दोस्तों ये पॉसिबल है JSX की मदद से इसलिए दोस्तों हम इसको HTML नहीं कहते हम इसको JSX कहते हैं ठीक है दोस्तों क्योंकि अगर ये HTML होता प्लेन HTML होता तो हमको अगर हम जावा यूज करेंगे तो उसको हम उसके लिए हमको एक स्क्रिप्ट टेक का यूज करना पड़ता सेपरेट और उसके अंदर जावा का यूज करना पड़ता मगर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा भी है और एस भी है दोनों एक साथ में रैप करके लिखा गया है तो दोस्तों इसे हम JSX कहते हैं तो रिएक्ट जे में दोस्तों इसे JSX कहा जाता है इसकी मदद से ही दोस्तों हम जो है जावास्क्रिप्ट और HTML को मर्ज करके लिख सकते हैं बिना कोई स्क्रिप्ट टेक के और बिना कोई बाउंड्रीज के ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये होता है फाइनली हमारा JSX का टर्म JSX का मतलब यही होता है ठीक है ना दोस्तों तो दोस्तों जे का जे के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जैसे कि जे एस एक्स अगर ना हो तो दोस्तों अगर हम जे एस एक्स दोस्तों हम जे एस एक्स के बिना भी अपने कोड्स को लिख सकते हैं रन कर सकते हैं बट वो जो तरीका है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है ठीक है दोस्तों तो इसलिए हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं और ऑफिशियल जो रिएक्ट की टीम है वो भी रिकमेंड नहीं करती है यहाँ पर हमको रिएक्ट में जो है हम जे का ही यूज़ करते हैं इससे क्या होता है हमारा वर्क जो होता है ईजी हो जाता है और कोडिंग भी काफ़ी आसान हो जाती है हमारे लिए दोस्तों और विदाउट जे अगर आप ट्राई करोगे तो जो है आपके कोर्स जो है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जेएसएक्स क्या होता है आप समझ गए होंगे दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग है